दो तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी संस्थाओं को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है इन सभी को अगले पांच साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया है नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध के पीछे की कई वजह गिनाई है मंत्रालय ने बताया कि पीएफआई और अन्य संगठनों ने किस तरह भारत में आतंक फैलाया भारत सरकार ने इन संगठनों के दस गुना सामने रखे हैं पीएफआई के सभी काले अध्यायों को हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किन कारनामों की वजह से पीएफआई को बैन किया गया है और अब तक इसने कहां-कहां अपने पैर पसारे आतंक मचाया नमस्कार मैं हूं सत्यम शर्मा और आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चाए खास पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश रची गई हमला करने के लिए बकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया था मकसद था 2013 जैसी घटना को अंजाम देना अक्टूबर 2013 में पटना गांधी मैदान में तत्कालीन भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिले बार बम ब्लास्ट हुए थे उसके पीछे इसी पी संगठन का हाथ था जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हुए पी के पंद्रह राज्यों के तिरानबे ठिकानों पर बाईस सितम्बर को एनआईएडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की जिसमें कोचिकोट से पी एफ आई वर्कर शफीक पायथे को गिरफ्तार किया गया इसमें एक बात और निकलकर सामने आई वो ये की पी एफ आई को खाड़ी देश से फंडिंग होती है पैसा हवाला के जरिए आता है मोदी रैली के दौरान पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से तीन आतंकी को गिरफ्तार किया ये सभी प्रधानमंत्री की रैली पर हमले की साजिश रच रहे थे इन आतंकियों के पास से सात पन्नों का दस्तावेज बरामद हुआ जिसके कवर पर दो लिखा था आतंकियों ने दो तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मिशन रखा था इनके मेंबर्स देश भर में कई आपराधिक साजिशों में शामिल रहे हैं अब आपको पीएफआई की पूरी कहानी और इनके काले कारनामों को बताते हैं पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामिक संगठन है यह संगठन अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई संगठन की जड़ें केरल के कालीकट में गहरी हैं। फिलहाल इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहिन बाग में बताया जा रहा है शाहिन बाग वो इलाका है जहां पर सीए और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में 100 दिन तक सबसे लंबा आंदोलन चला एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के हितों को लेकर रहती है हालांकि वे इस बहाने राजनीति का खेल खेलते हैं जिसमें वे दलित और ओबीसी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते आए हैं और इसी के तहत कई बार इन्होंने हिंदुओं के बीच हिंसा भड़काने में अपनी पूरी भूमिका निभाई कई ऐसे मौके आए जब इस संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर आए हैं संगठन दो में उस समय सुर्खियों में आया जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था तब लोगों की एक बड़ी संख्या ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी आज कल यह संगठन देश के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका और अन्य जगहों पर भी एक्टिव है देश की बात करें तो कहा जा रहा है कि संगठन की जड़ें 24 राज्यों में फैली हुई हैं। कहीं पर इसके सदस्य अधिक सक्रिय हैं तो कहीं पर कम मगर मुस्लिम बहुल इलाकों में इनकी जड़ें काफी गहरी हैं संगठन खुद को न्याय स्वतंत्रता और सुरक्षा का ही बताता है लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई है एफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेता रहे हैं पी का संबंध जमात उल मुजाहिदीन से भी रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं। पी के वैश्विक आतंकवादी समूह जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के साथ भी होने की इनकी खबरें हैं पी और इसके सहयोगी संगठन या संबंध संस्थाएं या अग्रणी संगठन चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय के कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है कई मामलों में यह स्पष्ट हुआ है कि पीएफआई हिंसक और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहा है जिनमें एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना अन्य धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करना प्रमुख लोगों और स्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक प्राप्त करना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एफ का काम आपराधिक कृत्य और जघन्य हत्याएं सार्वजनिक शांति को भंग करना और लोगों के मन में आतंक का भय पैदा करना है पी के अपराधिकारी और कार्डर तथा इससे जुड़े अन्य लोग बैंकिंग चैनल हवाला दान आदि के माध्यम से सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत भारत के भीतर और बाहर से धन इकट्ठा करते हैं और फिर उस धन को वैध दिखाने के लिए कई खातों के माध्यम से उसका अंतरण लेरिंग और एकीकरण करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे धन का प्रयोग भारत में विभिन्न आपराधिक विधि विरुद्ध और आतंकी कार्यों के लिए होता है कई बार उत्तर प्रदेश कर्नाटक गुजरात राज्य सरकारों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं तथा पी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां राज्य के संवैधानिक ढांचे और संप्रभुता का अनादर और अवहेलना त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए अब पीएफआई को लेकर केंद्रीय सरकार का मत है कि यदि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो पी और इसके सहयोगी संगठन इसको देश विरोधी कामों में उपयोग करेंगे जैसे यह संगठन अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों को जारी रखेंगे जिसमें लोक व्यवस्था भंग होगी और राष्ट्र का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा आतंक आधारित पश्चागामी तंत्र को प्रोत्साहित एवं लागू करेंगे यानी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाएंगे एक वर्ग विशेष के लोगों में देश के प्रति असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से उनमें राष्ट्र विरोधी भावनाओं का भड़काना और उनको कट्टरवाद के प्रति उकसाना जारी रखेंगे देश की अखंडता सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को और तेज करेंगे केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित करना जरूरी है केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 967 की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पी और इसके सहयोगी संगठनों रिहेब इंडिया फाउंडेशन आर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ए नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एनसीए नेशनल वुमेन्स फ्रंट जूनियर फ्रंट एंपावर इंडिया फाउंडेशन और रेब फाउंडेशन केरल सहित को बैन कर दिया है गृह मंत्रालय ने पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है इन्हें पर सवाल यह है कि जब ये संगठन इतने खतरनाक इरादों वाले हैं जो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं दंगा करवा रहे हैं उनको सिर्फ पांच साल का बैन ही क्यों क्यों ना आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए आपको जानकर हैरानी होगी कि संगठन का टारगेट हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना था दस्तावेजों और जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि पीएफआई का मकसद दो तो में जब देश आजादी का सौवा साल मना रहा होगा तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है इस दस्तावेज में यह भी लिखा है कि 10 प्रतिशत मुस्लिम भी साथ दे तो कायरों को घुटनों पर ला देंगे CAA कानून और जैसी घटनाओं में भी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में इन संगठनों का हाथ रहा है जांच एजेंसी ने देश के 15 राज्यों में पीएफआई के 106 वर्कर्स को गिरफ्तार किया था इनमें संगठन प्रमुख ओमा सालम भी शामिल थे इस पूरे ऑपरेशन में एन और ईडी के पांच अफसर सर्च में शामिल थे पीएफआई नेता आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग और मुस्लिमों को कट्टरपंथी बनाने का काम करती थी मध्य प्रदेश में हुए दंगों में भी इनकी भूमिका सामने आई है वहीं अब कुछ मुस्लिमों के हितैषी बने नेताओं ने इस पर राजनीति भी शुरू कर दी है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पी की तुलना आर और हिंदू संगठनों से कर डाली वोटों की राजनीति देश को कहा ले जाएगी ये शायद इन देश विरोधी समर्थक नेताओं को पता है लेकिन सत्ता और पद का लालच शायद देश से बड़ा हो गया है बहरहाल अब देखना यह होगा कि किस तरह से देश की जनता देशद्रोह संगठन के समर्थकों को जवाब देती है आज के चर्चाएं खास में इतना ही फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ नए देश और दुनिया की खबरों की जानकारी के साथ